वीना डर था जैसा तुमने अपनी बात कर ले तुम अपने बच्चे की कलाई के, के लिए तुमसे दूर हुई थी